के देव लाला यशोहे के जमानो परगाओ बढ़िया कछु जनन तो गल के जमानो परगाओ और माने के जे बोली के जमानो परगाओ बढ़िया सो हमन की जा बता जमानो बढ़िया पागा सो हम का करण लगवे तो जे का बोली समझाओ है ना हम ने के लाला बनवा डारो बा तो मैं तो आज बने मजा आ जाए तो तालियां करो बोली जमाना बहुत पुर अच्छो है एक, एक काम करो तुम ये ऐसो काम करो, करो। विख दो विख दो विख दो। तो सुनो तो जे का कि लाला पनवा डारो झिपटे का घराती और कलाकार हमने ही नहीं लाला देखो संधि से कुछ है कि दूल्हे राजा को जल्दी भेजे परमला चालू हो गई इसलिए जब इनकी बात के गई तो हमने कहा कही हमने बनवा डेवा अपने शरीर पे पे कितने-कितने है है में नहीं। नहीं। में में में सीना और और, और, और, और... और हैं के के तुम्हारी नहीं नहीं मैं बता रहा जब है है नहीं ना अरे टुडी टुडी के तुड़ी तुड़ी तुड़ी हा? हा? हा? हा? क्या बाप आप अच्छा खूब एक बात दिखा देखा दिखाओ के साथ केवल मुँह से तो कह सकता है, लेकिन दिखा नहीं सकता समय so क्या गलत गलत हमें तो लग तो कई दहि बोल अच्छा हमें तो ऐसा लग के कुनक के जगह इशारो दे के के जगह पुलग बजा दे क्या से तो ई से तो ई से बिगरो है परिवार होती ना, तो तो भैया कैमरा वाले जहा कहीं होए, बरमला के पास पहुँचाए भैया कैमरा वाले। तुम काम करो। मस्त मस्त मस्त मस्त तो ही। तुमाई। तुमाई तेरे मस्ट, मस्ट तो ही तुम्हारी का अब क्या रखा है साल में क्या रखा है पता ये सारे मेरे सब पाखित रहते तुझको भाई हमारे दिल में साता पड़ गई नहीं आप रही हम के दिल बिल्कुल हम तो बताया दिल कने तुम्हें तुम्हारी दुआ थी दुकान तारू पर तो मोय तुम्हारी एक है का तू ना गुगा तुम्हारी एक है का हमारे तो एक है हैं सब बताओ दो तू बता